विक्रम संवत दो शक संवत 1941, परिधावी नामक संवत्सर और शक संवत में विकारी नामक संवत्सर से रविवार दिन ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष और आज जो तिथि रहेगी सप्तमी तिथि रहेगी करण रहेगा व उसके उपरांत बालो करण रहेगा नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा सूर्योदय प्रातः पाँच बजकर पच्चीस मिनट पर सूर्यास्त शाम को उन्नीस पर चंद्रदेव का जो गोचर रहेगा ये कुंभ राशि में चंद्रदेव गोचर करेंगे और जो सूर्य राशि रहेगी ये वृषभ राशि रहेगी दिनांक 26 मई 2019 का ये हमारा पंचांग था और आज का राशिफल कैसा रहेगा इस पर भी हम दृष्टि डालते हैं राहु काल पर दृष्टि डालते हैं तो आज का राहु काल रहेगा सत्रह बजकर सत्ताईस मिनट से उन्नीस बजकर ग्यारह मिनट तक की और आज का अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा ये ग्यारह बजकर पचास मिनट से बारह बजकर पैंतालीस मिनट तक रहेगा तो शुभ कार्यों को आप लोग इस मुहूर्त में कर सकते हैं दर्शकों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि गुजरात में आप लोगों ने इतना प्यार दिया इतना सम्मान दिया इसके हम आजीवन आप लोगों के रेडी रहेंगे चलिए राशिफल पर आगे बढ़ते हैं मेष राशि के जातकों के लिए का दिन कैसा रहेगा तो आज आप घर की बातों पर अधिक ध्यान देते हुए नजर आएंगे परिजनों के साथ बैठ करके किसी महत्वपूर्ण बातों पर आपकी चर्चा हो सकती है आज आप अपने कार्य में संतोष का अनुभव करेंगे स्त्रियों की ओर से महिलाओं की ओर से आज आपको मान सम्मान मिल सकता है माता के साथ संबंध आज, आज आपके अच्छे रहेंगे उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को करना ये रहेगा कि आज देव के सम समक्ष बैठकर आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करें और यदि हो सके तो माता पिता के चरण छू कर के आशीर्वाद करें आपके लिए शुभ कलर रहेगा भगवा कलर शुभ अंक रहेगा एक वृषभ राशि के लिए आज का जो है दिन कैसा रहेगा तो विदेश में स्थित स्नेही जनों तथा मित्रों के समाचार से आज, आज आपको आनंद की प्राप्ति होगी कोई लंबे प्रवास का आयोजन आज हो सकता है कार्यालय या व्यापार के स्थल पर आज आपके जो है वर्कलोड काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा आर्थिक लाभ प्रबल होने की आज के दिन संभावना दिख रही है वृषभ राशि के जातकों आज प्रातः काल से ही यात्राओं का योग भी लगा है उपाय के तौर पर करना यही रहेगा कि आज आपको सूर्य देव को दूध से अर्घ देना रहेगा और नहाने वाले पानी में स्नान करने के जल में कपूर डाल के स्नान करिए आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये वाइट रहेगा शुभ अंक चार रहेगा हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि तो कैसा रहेगा आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए तो मिश्रित फलदायी सिद्ध करने वाला आज का दिन रहेगा आज आपके सभी अधूरे कार्य पूर्ण होते हुए नजर आएंगे स्वास्थ्य उत्तम रहेगा क्रोध से हानि की आशंका है दिमाग शांत रखिएगा आज आपके ऊपर कोई मानहानि वगैरह हो सकती है तो इससे विशेष आपको बचना रहेगा शारीरिक और मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे संतान पक्ष को लेकर के भी कोई आज कहा सुनी आपके साथ हो सकती है संतान हो सकता है आपकी बातें ना माने उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि सूर्य देव की आज आप आराधना करिए और यदि हो सके तो आज के दिन दशरथ के शनि स्त्रोत का भी आप लोग पाठ करिए शुभ कलर जो आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन हमारी जो अगली राशि आती है कर्क राशि लेकिन उससे पहले आप लोग भूले तो नहीं जो हमने भविष्यवाणी की थी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं इन इंडस्क्रीन या ऊपर आई कार्ड में भी आप लोग जा करके देख सकते हैं अच्छरसा जो भी भविष्यवाड़ी किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बिल्कुल सही हुई उसमें कहीं कोई इफबट नहीं निकला तमाम यूट्यूब पर और भी बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी हैं एस्ट्रोलॉजर बनते हैं लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी कुछ को छोड़ के कि जो भविष्यवाणी करें तो नाम बढ़े और दर्शन छोटे वाला कोई किसी को काम नहीं करना चाहिए देखिए भविष्यवाड़ियाँ सही गलत होती हैं मानते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए हमारे अंदर भी तमाम दोष हैं हमारी भी कई भविष्यवाड़ियाँ बहुत गलत हुई हैं तो सार्वजनिक रूप पर माफ़ी भी मांगते हैं लेकिन उससे सीख आगे बढ़ने का भी लोगों को प्रयास करना चाहिए और तमाम लोग हैं जो अपने आप को परब्रह्म मानने लगे हैं यूट्यूब पर ही हैं एको एक हम द्वितीय नास्ती कहते हैं तो ऐसे लोगों की देखिए भविष्यवाणी भी गलत हुई बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर जा कर के जो बोल रहे थे कि सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी आएगी तो ऐसे लोगों के ज्ञान के बारे में क्या कहना है बहुत ज़्यादा उस पर नहीं बोलेंगे वो अपने आप को ही एक परब्रह्म मानते हैं जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी है इसी का सहारा लेते हैं और बाद में कहते हैं इसी को गाली बकते हैं तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए लोगों की चलिए हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज का दिन मित्रों और स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक बिता सकेंगे व्यापार में लाभ होने की संभावनाएँ अधिक रहेगी साझेदारों से लाभ होगा प्रवास और पर्यटन की यात्राएँ यदि हो सके तो आज के दिन आप टालें तो बहुत अच्छा रहेगा आज व्यापार में आपको अप्रत्याशित धन लाभ होता हुआ दिख रहा है आज आपका कोई निकटतम प्रतिद्वंदी आपसे ईर्षा करेगा आपको बचके रहना पड़ेगा उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे आज कोई नया वाहन या कोई नया जो है आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों से संबंधित कोई गैजेट करते हुए नजर आएंगे। उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए कर्क राशि के जातकों शिवलिंग पर आज आप लोग बिल पत्र और दूध का अर्पण करिए आपके लिए शुभ कलर जो रहेगा ये पिंक रहेगा शुभ अंक आपके लिए छ रहेगा हमारी अगली राशि आती सिंह राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो सिंह राशि के जातको मानसिक रूप से आज आपका मन बहुत व्यग्र होता हुआ नजर आएगा मन बहुत भारी रहेगा किसी कारवास दैनिक कार्यों में आज भिन्न आ सकते हैं व्यवसाय में सहकर्मियों का आज सहयोग न प्राप्त होने से मन बड़ा खिन्न होता हुआ आपका नजर आएगा इसके साथ साथ आज वाहन आपको सावधानीपूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपको शेयर मार्केट से बचना होगा आप संतान को यदि कोई आज आप निर्देश देंगे कोई आप जो है कहे जो है आप ऑर्डर देंगे तो वो आपकी संतान आपकी बात नहीं मानेगी तो इसको लेकर के भी मन में आज बहुत ज़्यादा आपके जो है ए, क्या कहते हैं नेगेटिव थॉट्स वगैरह आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कोशिश कीजिएगा कि गायत्री मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए और यदि हो सके तो आज के दिन आप लोग जो है उड़द की दाल का दान गरीबों में जरूर करिए आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रेड रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आपका शुभ रहेगा कन्या राशि पर आगे बढ़ें लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी दर्शक आगरा में इटावा में मिलना चाहते हैं केवल एक दिन के लिए उनतीस तारीख को अट्ठाईस और उनतीस अट्ठाईस को भी रात्रि में पहुँचेंगे उनतीस को जो मिलना चाहते हैं वो लोग आकर के मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा हमने इसका प्रचार नहीं किया लिमिटेड लोग ही क्योंकि ऑलरेडी कई लोग हो चुके हैं तो जो भी दो चार लोग हों वो आके मिल सकते हैं तो कन्या राशि के जात को आज विद्यार्थियों के लिए समय कठिन रहने वाला है संतान के विषय में आज कुछ आपको चिंता हो सकती है शेयर सट्टे में संभल चलिएगा मन में खिन्नता का अनुभव हो सकता है आज बौद्धिक चर्चाओं में बिल्कुल मत उतरिएगा स्त्री मित्रों पर आज आपका धन खर्च होता हुआ दिख रहा है इसके साथ साथ आज आपके घर में कोई नए मेहमान का आगमन भी संभव है और करना क्या रहेगा हमारे कन्या राशि के जातकों को तो कन्या राशि के जातकों आज कोशिश कीजिएगा जो 10 वर्ष से छोटी कन्याएं हैं उनका पैर आपको धुलना रहेगा और वो जो जल रहेगा वो अपने घर में आप छिड़की देखिएगा माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में कैसे होता है दूसरा कार्यस्थल पर निकलने से पहले आज आप लोग घी खा करके तब निकलिएगा आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ग्रीन हरा रंग शुभ अंक रहेगा नौ हमारी अगली राशि आती तुला राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा व्यग्रता का अनुभव करेंगे आज माता के स्वास्थ्य के विषय में आपको चिंता होती हुई नजर आएगी रियल इस्टेट से संबंधित दस्तावेजी कार्यों में आज आपको सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं यदि संभव हो तो यात्राओं को टालिएगा पारिवारिक वातावरण में कुछ कलह हो सकती है आपकी पत्नी के साथ भी कुछ आज बात बनेगी नहीं जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आएंगे उपाय के तौर पर तुला के जातकों को करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि का का आज आप आप लोग लोग पाठ करिए करिए और यदि हो सके तो तो सूर्य गायत्री मंत्र की की एक माला का आप जाप शुभ कलर की बात करते हैं तो आपके लिए व्हाइट कलर रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो अंक दो आपका सर्वथा शुभ रहेगा हमारी जो अगली अब राशि आती है यह आती है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो कैसा रहेगा आज का दिन तो नए कार्य के प्रारंभ के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है दिन भर प्रसन्नता बनी रहेगी भाई बंधुओं के साथ आज आवश्यक चर्चा करेंगे आर्थिक लाभ तथा भाग्यवृद्धि के योग हैं छोटे प्रयास का आयोजन हो सकता है छोटे प्रवास का आयोजन हो सकता है मित्रों के साथ आज आपकी मुलाकात होगी कार्यो में सफलता प्राप्त होने का योग आज के दिन दिखा रहा है आज किसी गुरुतुल्य व्यक्ति को जो है पैर छू करके आप लोग आशीर्वाद लीजिए और यदि हो सके तो आज के दिन हल्दी की गाठ का धर्म स्थान पर आप लोग जरूर करिए। शुभ ियस अर्थात धनुराशि तो कैसा रहेगा आज का दिन लेकिन दर्शकों रविवार दिन रहेगा और पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा यह बताना हम भूल गए थे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा और यदि संभव हो तो पान अथवा घी खा के आप लोग आज यात्राओं पर निकल सकते हैं तो धनु राशि के जात को मन आज आपका बड़ा दुविधा में फंसेगा ये काम करें कि ये काम करें आज पारिवारिक वातावरण बहुत ज़्यादा क्लेशपूर्ण रहेगा और निर्धारित कार्यों को पूर्ण न होने से मन में हताशा रहेगी किसी महत्वपूर्ण यदि निर्णय को आप लेना चाहते हैं तो आज के दिन टालना ही बेहतर रहेगा घर या कार्य क्षेत्र में व्यवसाय में आज कार्य आपको बहुत रहेगा आज आपके मन पर प्रेशर कार्य का बहुत ज्यादा रहेगा आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं वो ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा आज आपका विरोध करते हुए नजर आएंगे वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा कोई नया प्रेम संबंध आज स्थापित हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए कि आज विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिए नहाने वाले जल में आज आप लोग एक चुटकी रोली डाल करके तब स्नान करिए रोली मतलब कुमकुम शुभ कलर की बात करते हैं तो येलो कलर आपका शुभ रहेगा शुभ अंक आपका रहेगा आठ मकर राशि कैसा रहेगा दिन तो आज सुबह से मन प्रफुल्लित रहेगा धार्मिक रूप से पूजन विधि भी, भी आज आप करेंगे पारिवारिक वातावरण मंगलमय रहेगा मित्रों स्नेही जनों से आज आपको उपहार प्राप्त होंगे और एक्सपेंसिव उपहार आज आपको प्राप्त होंगे व्यवसायिक और व्यापार के स्थान पर आज आपका दबदबा आपका प्रभाव बढ़ेगा कोई नया बिजनेस आज आप शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा की आज शिवलिंग पर आप लोगों को जल में रोली डाल करके अभिषेक करना रहेगा और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन पाठ आपको करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर ब्राउन रहेगा, अंक रहेगा चार। अदालती कार्यवाही में संभल कर चलिएगा खर्च की मात्रा अधिक हो सकती है वाड़ी और क्रोध पर आज, आज आपको संयम बरतने की सितारे सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं तो कुंभ राशि के जात को आज के लिए उपाय क्या करना रहेगा के दिन आपका बहुत अच्छा जाए ओम मंत्र का 108 बार आप लोग जाप करिए और यदि हो सके तो सिद्ध कुंज का स्त्रोत का भी एक पाठ आप लोग जरूर करिए शुभ कलर की बात करते हैं तो आपके लिए आज के दिन व्हाइट कलर शुभ रहेगा शुभ अंक आपका रहेगा दो अंतिम राशि आती है मीन राशि लेकिन दर्शकों जून में देहरादून उत्तराखंड अमृतसर चंडीगढ़ बनारस इतनी जगह आ रहे हैं तो जो भी इच्छुक दर्शक हैं आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए मीन राशि के जातकों जात को धन लाभ की संभावनाएं है, अधिक हैं संतान के विषय में शुभ समाचार प्राप्त होंगे पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है किसी आज घूमने फिरने की रमणीय स्थल पर आप लोग जा सकते हैं कोई नए मेहमान का आगमन आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है कोई नया प्रेम संबंध भी आज स्थापित होता हुआ दिख रहा है आज प्राथा काल से ही यात्राओं का योग बन रहा है आपकी कुंडली में उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मीन राशि के जातकों को तो मीन राशि के जातकों आज गाय को यदि संभव हो तो गुड़ और रोटी आप लोग जरूर खिलाइए आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा स्काई ब्लू शुभ अंक रहेगा आपका छह तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि तक का दैनिक राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हाँ इतने दिन आप लोगों तक राशिफल नहीं पहुंच पाया तो उसके लिए हम हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हैं गुजरात का हमारा आगमन था तो उसी में हमारी व्यस्तता ज़्यादा थी दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ दर्शकों पुनः आप लोग चुनाव से संबंधित जो हमने भविष्यवाणी की थी उसको आप लोग जरूर दीजिएगा और चलते चलते अनुरोध है कि इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए और हाँ इस वीडियो को अपने ग्रुप में जमकर शेयर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राधे